हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम जिस देश के सैर कराने वाले हैं आप वो अपने आप में ही सबसे अलग है दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पर यहाँ के माल ना बिकते हो फिर चाहे वो कॉपी मारी हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों न हो ये सबसे नकली देश है इस दुनिया का यहाँ के लोगो की सोच और खान का नॉर्मल नहीं है मतलब ये कुत्ते ऐसी लेकर चूहे तक सब खाते है आपको सुनकर हैरानी होगी की यहाँ आरोप आप पैसे देकर भी गर्ल बना सकते हैं यहाँ की पहचान है पांडा ये यहाँ की शान है और इस देश की जान दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इस समय देश आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है इस देश की यहाँ की कुल पॉपुलेशन है लगभग एक करोड़ जिसमे सिक्सटी आबादी बड़े शहरों में रहती है जबकि थर्टी आबादी गाँव में चाइना काफी जवान देश है और इसकी औसतन उम्र है 38 साल चाइना का राजधानी शहर है बीजिंग और ये चाइना के प्रमुख शहरों में से एक है कुछ ऐसी बातें जो आपको चौका सकती है चीन के बारे में उनमें से एक ये है कि चीन के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं जी हाँ ये बात 100% सच है की यहाँ आरोप अगर किसी पैसे वाले लोग ने क्राइम कर लिया और अगर उसे जेल नहीं जाना तो वो किसी को पैसे देकर अपने बदले उसे जेल की सजा काटने भेज सकता है आपको अजीब लगा होगा ये सुनकर लेकिन ये बात बिल्कुल सच है चाइना में ऐसा मुमकिन है दोस्तों चीन में हर काम करने का अलग तरीका होता है यहाँ जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सके अगर गलती से वो आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनके गर्दन में चुप जाती है और वे सतर्क और चौकन्ना हो जाते हैं क्या आपको पता है चाइना के झंडे किस बात को दर्शाते हैं चाइना का फ्लैग पूरी तरह ऐसी लाल है और उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टार बना हुआ है और साथ में चार और छोटे छोटे से स्टार्स हैं। जानते हैं आप आपके इसका क्या मतलब होता है दोस्तों लाल का मतलब होता है क्रांति वही बड़े स्टार का मतलब होता है यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी तो वही चार छोटे स्टार किसान वर्कर्स मिडिल क्लास सिटीजन और सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों चीन देश में नकली सामान बनाना और उसे मार्केट में बेचना बहुत ही कॉमन बात है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि विदेशों से आई चीजों को कॉपी करके बना लिए जाते हैं चीनी लोग कॉपी करने में माहिर हैं। आप चाइना में नकली गर्लफ्रेंड भी मिलेंगी क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया में प्यार को भी बेचा जा सकता है ये लड़कियाँ लड़को को इमोशनल सपोर्ट देती है लेकिन आप इस किराए की लड़कियों के साथ फिजिकल नहीं हो सकते दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जॉइंट पांडा नजर आए तो आंखें मूंद कर मान लीजिएगा कि उस पर चीन का अधिकार है चीन ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है आपको बता दें कि चीन के अलावा ये जानवर आपको कहीं और दिखेंगे भी नहीं दोस्तों जब पांडा की हुई है बात तो आपको ये भी बता दूँ की चीन के लोगो के बीच में पांडा टी बहुत पॉपुलर है और ये चाय पत्ती बनती है पांडा की पोटी ऐसी जी हाँ सही सुना आपने चाइना के लोगों का मानना है कि पांडा की पोटी वाले चाय पीने से कभी कोई बीमार नहीं हो सकता अगर खाने की बात करें तो चाइना के लोग सब कुछ खाते हैं ये कुत्ते बिल्लियों से लेकर ऑक्टोपस तक सब कुछ निकल जाते हैं कुछ लोग तो ऑक्टोपस को जिंदा बिखाते हैं क्या आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने आरोप वर्ष दो में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवा कर सारे स्टाफ को देश ऐसी निकाल दिया था सन 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। वेल एक और चीज जो आपको चीन के बारे में चौंका सकती है वो है यहाँ की यूरिन थेरेपी आपको जानकर हैरानी होगी की यहाँ के ज्यादातर लोग यूरन का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर किसी भी बीमारी ऐसी लड़ने के लिए यहाँ के लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं चाइना के ज्यादातर लोग सुबह उठ के अपने ही यूरिन को पीते हैं और इसका रिजल्ट इनके हिसाब से चमत्कारी होता है अब क्या ही कहें? चाइना है तो सब कुछ मुमकिन है तो दोस्तों ये था दुनिया के सबसे अजीब देश चाइना कैसा लगा हमें बताइए कामेंट्स में उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ धन्यवाद